भाग नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा जब भाग नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा जब भाग नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा तेरे पूरे समस्या का तेरे पूरे समस्या का समाधान कहा होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहा होगा विधान हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं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 भी करते हैं वरदान भी पाते हैं जो तब भी करते हैं वरदान भी पाते हैं जो तब भी करते हैं वरदान भी पाते हैं पर भसमा सुर जैसा वरदान कहा होगा पर भसमा जैसा दान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा मेहमान भी आते हैं मेहमान भी होती है आते हैं मेहमान भी होती है मेहमान भी आते हैं मेहमान भी होती है भक्त सुदामा सुदामाता भक्त सुदामा सुदामाता मेहमान कहाँ होगा पर भक्त सुदामा का मेहमान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे भक्ति भी मिलती है शक्ति भी मिलती है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 तेरे घोर समस्या का समाधान कहाँ होगा जब भर्त नहीं होंगे भगवान ने कहा